हेलो फ्रेंड्स आज हम लेके आ गए हैं फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं हमारे जितने भी छात्र हैं जितने भी हमारे छात्राएँ हैं वो सभी बहुत बेरोजगारी के लिए परेशान हैं सरकार ने एक नियम निकाला है बेरोजगार मेला भर्ती में इसमें दो हज़ार में आवेदन सभी लोग कर सकते हैं किस तरह से आवेदन कर है उसकी हम पूरी जानकारी आपको हम बताएँगे इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को आप लोग तो पूरा देखें हमारे वीडियो को स्कीप ना करें और हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो लोग अपना फॉरम मोबाइल से भी पूरा फिल कर सकते हैं तो सबसे पहले हर किसी के मोबाइल और लैपटॉप में क्रोम या गूगल जो होगा उसको आप सबसे पहले ओपन कर लें ओपन होते ही ये डेस्टटॉप हमारा दिखेगा इसमें आपके लिए यहाँ पर क्लिक करना हो यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए सर्च करना है रोजगार रोजगार रिजल्ट हम रोजगार रिजल्ट जब सर्च करेंगे सर्च होने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारा थोड़ा नेट स्लो है आपका भी नेट स्लो हो सकता है यहाँ पर क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है क्लिक करते हुए सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर आ जाना है यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकेंगे लिखा हुआ है यहाँ पे यूपी रोजगार मेरा ऑनलाइन ओपन ये हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश रोजगार मेला यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं करना है फिर से नीचे आना है नीचे यहाँ पर आप कुछ डिटेल फिल कर सकते हैं और देख पी सकते हैं क्या क्या यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या क्या इसमें योजनाएँ हैं तो चाहते हम इसमें ना पड़ा कहते हुए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जनरल ओ बी सी जो फीस है वो निःशुल्क है तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे नीचे आते ही यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म इस पर आपके लिए क्लिक कर देना है अगर हम छोटा वीडियो को नहीं स्किप करेंगे थोड़ा ज़्यादा हो लंबा हो जाएगा इसमें आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा नीचे आ जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले करना है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख आएगा न्यू अकाउंट न्यू अकाउंट पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पर आप तो यहाँ पर वही आपका साइनअप करके आ जाएगा यहाँ पे, पे क्या करना है आपके लिए जॉब सीकर किस तरह आप जॉब मतलब नियोजन सेवा मतलब किस तरह से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पे आपको नाम फिल करना है जो भी आपका नाम होगा वो यहाँ पे आप फिर कर सकते हैं ठीक है पूरा नाम यहाँ पर आप डालेंगे जो आपका हाई स्कूल सेंटर की मार्कशीट में होगा यहाँ पर आपको डालना है मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर आपके लिए लिंक करना हो यहाँ पर आप डालनी है जी मेल आई डी जो सही हो और अच्छी हो वो जी मेल आई डी आप फिल कर देंगे आपने यहाँ पर एक आपको बनानी है यूजर आईडी। यूजर आईडी कैसे बनाएंगे वो अभी हम आपको बताते हैं मैंने यहाँ पे जी मेल फिल कर दी है यहाँ पे आपको बनाना है यूजर आईडी। डी जैसे कि वो यूजर आईडी हो जो किसी की पहले से बना हुई नहीं होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ए के और यहाँ पर डाल दिया तिरानवे और यहाँ पर लिख दिया के यू एम इस तरह की यूजर आई डी बनाती तो शायद बन जाएगी आपकी ठीक है और उसके बाद में आपको यहाँ पर डालना है पासवर्ड पासवर्ड देख सकते हैं कि पहला आपको अच्छे नाम का कैपिटल होना चाहिए फिर स्मॉल होना चाहिए फिर रेट होना चाहिए फिर नंबर भी होना चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है जो पासवर्ड आपका सही लगे मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल लिया था फिर से डालें फिर से वही पासवर्ड आपको सबमिट यहाँ पर कर देना है तो मैंने यहाँ पे फिर से पासवर्ड सबमिट कर दिया है यहाँ पे कैप्चे डालना है यहाँ पे अट्ठासी और पाँच कितने होते हैं वो आपको जोड़ के यहाँ पर डाल देने उसके बाद आपके लिए यहाँ पर कर देना सबमिट सबमिट करने के बाद आपका यूजर आई सब कुछ सही है तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन होती है जो आपका मोबाइल नंबर होगा उसमें आपको एक ओटीपी भेजना पड़ेगा यहाँ पे फिर से कैप्शन दे रहा है कैप्शन आपको फिर से सबमि जोड़ लेने के बाद इसको सबमिट करना है और ओटीपी को भेजने के बाद ओटीपी आएगी वो ओटीपी टी पी यहाँ पर सेंड कर देना है आपके लिए मेरे मोबाइल नंबर पर ओ आ गई यहाँ पर आपको डालना है ओ जो ओ आपके मोबाइल पर आई होती है वो ओ टी पी यहाँ पे डाल देंगे डालने के बाद यहाँ पर प्रवेश करनी है आपके लिए उसके बाद हमारे यहाँ पे जो पेन हो आ जाएगा वो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था उसका यहाँ पे यूज़र आईडी वो आपने बनाई थी वी आईडी आई यहाँ पे आपको डालेंगे अगर वो यूजर आईडी आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तो आपका जो बना हुआ था वो यहाँ पे नहीं बनेगा तो मैंने बनाया था ए तिरानवे उन्नीस पचहत्तर और बनाया था के यू एम जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देंगे पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर डालना वो कैप्चर जो कैप्चर आपको डालना होगा वो कैप्चर एकदम सही सबमिट फिल होना चाहिए उसके बाद आप करेंगे यहाँ पर सबमिट सबमिट करते आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा तो इस तरह से आप इस तरह से आपकी पूरी प्रोफाइल खुल के आ जाएगी यहाँ पे आपको लिखना है कि नौकरियों के लिए आवेदन करें ठीक है नहीं। तो, तो जो भी आपको डैश बोर्ड खुल के आ जाएगा यहाँ पे आपको जितनी ये नौ योजना दिखा रहा है घोषला पत्रकारिता अनुभव का कौशल वहाँ साइए आपको सब फिल करना होगा यहाँ पर आपका जॉब सिगर है डैशबोर्ड प्रोफाइल है पहले हमें सबसे पहले आपको प्रोफाइल ओके कर रहे होंगे प्रोफाइल आप चाहे इंग्लिश में फिल कर सकते हैं हिंदी में भी फिल कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर व्यक्तिगत पर क्लिक करना होगा व्यक्तिगत पर क्लिक करते ही हमारी अगली प्रोफाइल खुल के आ जाएगी यहाँ पे प्रोफाइल खोलने के बाद क्या करना है आपके लिए यहाँ पे कहता है कि प्रथम नाम डालें यहाँ पे पहला नाम डालना है आपके लिए प्रारंभ का अंतिम नाम होना चाहिए उसके बाद यहाँ पे आप पुरुष हैं जो पुरुष महिला तो महिला तो यहाँ पर डाल देंगे आप उसके बाद आपका विवाह शादी होगी तो शादी नहीं है तो आप कर देंगे यहाँ पर यहाँ पर आपको डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपके पिताजी का नाम अंग्रेजी में होना चाहिए यहाँ पे पिताजी का नाम हिंदी में होना चाहिए यहाँ पे माताजी का नाम अंग्रेज़ी में यहाँ पे माताजी का नाम हिंदी में यहाँ पे आप कौन सी कास्ट के हैं वो डालना है यहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, यहाँ पे वर्ग कौन सी जाति में आते हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप यहाँ पर जो आपका जाति प्राण पत्र होता है उसका यहाँ पर संख्या डाल देनी है फिर यहाँ पर आपको किस में आप रुचि रखते हैं खिलाड़ी हैं पूर्व हैं कहता है दक्षिण आरक्षण श्रेणी आप कौन सी श्रेणी में आ सकते हैं कोई श्रेणी आपकी नहीं तो नहीं चॉइस करेंगे यहाँ पर फिर यहाँ पे कार्य देता है आपको किस कार्य जनपद वे लिए आप कहाँ पर काम करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना फिर पे यहाँ पे कहता है पहचान पत्र बिरोना हमको पहचान पत्र के तहत यहाँ पे क्या चॉइस करना है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसे आधार कार्ड डालना है यहाँ पे आपके लिए पहचान पत्र संख्या डालनी है जो यहाँ पर होगा वो आप वहाँ पर फिल अच्छे से कर देंगे बाकी कोई इसमें प्रोसेस इतना लंबा नहीं है जो आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएँ अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए समस्या आ रही है चलो हमने यहाँ पर इतना फिर कर देते हैं अगली बार यहाँ पे आता है संपर्क संपर्क पे क्लिक करते हमारा एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा यहाँ पे आपको कुछ नहीं डालना यहाँ पे आपको डालना कि नगर ये है या क्षेत्रीय है तो यहाँ पे अगर आप गांव से हैं तो यहाँ पे गांव का पूरा डाल देंगे वो तो आप डाल ही सकते हैं पढ़े लिखे हर कोई इंसान होता है वो यहाँ पर डाल सकता है ठीक है पूरा यहाँ पे ग्राउंड पे आप डाल देंगे तहसील गाँव कोट क्या है वो सब यहाँ पे फिल कर देना है स्थायी बताए पे आप क्लिक करके रहने लेंगे उसके बाद में आपको सुरक्षित कर देना सुरक्षित करते हैं यहाँ पे अगला क्या आएगा शारीरिक शारीरिक का मतलब होता है कि आपकी लंबाई कितनी है आपका वजन कितना है आपके अंदर आपका ब्लड ग्रुप क्या है आपकी गेस्ट नेगा जो है आपको देखने के लिए चश्मा लगाते हैं सामान है तो सामान रखेंगे चश्मा लगाते हैं चश्मा वाला यहाँ पेगा क्या आप बिकला जन है? है तो नहीं करेंगे फिर आपको सुरक्षित कर देना सुरक्षित करते फिर आपको यहाँ पे आना है यहाँ पे आने के बाद आपको टिक करना है इसके बाद यहाँ पे आप दिखाते हैं कि शिक्षण यानी क्या आप शिक्षणित हैं या नहीं तो है मतलब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं क्या है वो यहाँ पे आपको हाँ करना है कि हम पढ़े लिखे हैं उसके बाद यहाँ पे कहते हैं शिक्षा आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है आपको डिग्री है डिप्लोमा है क्या है क्या, है, क्या, है? क्या है? नहीं, नहीं है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे फिल करते यहाँ पर आपको नया शिक्षा ज्वाइन करना जैसे कि हमारे पास क्या सामूहिक है मतलब कि डिप्लोमा है डिप्लोमा डालेंगे यहाँ पे वर्गीय क्या है घोषणा मतलब जो भी आपको पोषण होता है अपराध इंजीनियरिंग है क्या है आपके पास वो डाल लेंगे यहाँ पे स्तर का डालना है ये तो सबसे चीज़ें आप जल्दी से फिल कर लेना अपने आप अगर हम ये सब फिल करेंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको आना भाषा चॉइस करनी है आप हिंदी इंग्लिश क्या किस तरह की लैंग्वेज जानते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं भाषा यहाँ पर हम हिंदी जानते हैं तो हिंदी अंग्रेजी जानते हैं अंग्रेजी बोलना लिखना पढ़ना है ना ये सब आपको आता ही होगा तो यहाँ पे सभी पे टिक कर देना उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित कर देना सुरक्षित करने के बाद यहाँ पे आपको दूसरा आएगा कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं उर्दू हिंदी इंग्लिश सभी कुछ यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आप सभी जो ऐसे कर लेना अच्छे से ठीक है तो अगला यहाँ पर आता है कौशल इसका संबंध होता है यहाँ पर है आप जो कौशल क्या आपने कोई एक मैं तो तकनीकी से मतलब कोई आप डिप्लोमा या कुछ भी हासिल समझ लीजिए कि हासिल कर रखा है या नहीं कर रहा है कर रखा है अगर आपके पास कुछ है डिग्री डिप्लोमा या आपके पास कोई व्यवसाय कोई भी आपके पास ऐसी तकनीकी है जो आप जानते हैं आपके पास एक्सपीरियंस है वो पे पर आप अपना ऐड कर सकते हैं बता सकते हैं कि हमारे पास ये ये है आप अध्यापक हैं टीचर ऐड या जो आकर आप होते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर सोच करके उनको बता सकते हैं फिर यहाँ पे कहता है कार्य का अनुभव आपके पास कोई आपने पहले से कार्य कर रखा है उसका आपके पास कितना अनुभव है वो यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमारे पास हाँ कोई अनुभव है या नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे ठीक है नहीं है तो नहीं करेंगे बाकी यहाँ पे अनुभव का यहाँ कितने दो साल का अनुभव है कितने महीने का अनुभव है है ना वो यहाँ पे हम सब चीज़ फिल कर देंगे आपने कौन से क्षेत्र में क्या किया है क्या नहीं किया उसके पद का नाम क्या है वो यहाँ पे हम सब अच्छे से फिल कर सकते हैं न जहाँ पे रेड क्रॉस के चने लगे हुए ये जानकारी डालना आपके लिए कंपल्सरी होगाती है आप अच्छे से डाल सकते हैं उसके बाद में अब आता है वार्ताया ठीक है थीके? यहाँ पे आता है कि आपकी इच्छाएं है क्या हैं जैसे कि यहाँ पे कहता है कि आप भाई इंजीनियर हैं तो हमने यहाँ पे कह दिया आईटी हार्डवेयर आईटी आई आई यहाँ पर जो भी है आपके यहाँ पे क्लिक कर देंगे क्लिक करते हुए यहाँ पर आपका चॉइस फिल हो जाएगा फिर उसके बाद में नीचे आना यहाँ पर कहता है कि आपको कौन से राज प्राइवेट में नौकरी करना है कहाँ करना है क्या आपको क्या है फिल कर देंगे यहाँ पर फिर यहाँ पे कहता है क्लिक काम की सैलरी कितनी होनी चाहिए तीस हज़ार चालीस हज़ार चार हज़ार से पीलेस पचास हज़ार कितनी होनी चाहिए वो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे क्या कहता है आप जिले से बाहर नौकरी करना चाहते हैं अंदर ही करना चाहते हैं तो हाँ हम अंदर ही करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे उसके बाद में यहाँ पर आने देशों में क्या है वो आपका चॉइस कर सकते हैं नहीं है तो कुछ करेंगे नहीं ठीक यह है यहाँ पर सुरक्षित करते हैं सुरक्षित करते हैं आपको डाटा सुरक्षित हो जाएगा वहाँ पर सेव हो जाएगा अपने यहाँ पर कहता है घोषणा यहाँ पर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट घोषणाएँ होती हैं मतलब कुछ नियम होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे यानी कि ये इसमें आपको कुछ चॉइस नहीं करना है कि फॉर्म की स्थिति में क्या है क्या नहीं क्योंकि तो ठीक है यहाँ पे आप सब कुछ दिखाएगा किस तरह का क्या होना चाहिए सब कुछ यानी कि अगर आपका सब कुछ क्लियर है सही है तो यहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक करना है यहाँ पे आपको सुरक्षित कर देना सुरक्षित करते ही यहाँ पर हमने पूरी डिटेल फिल नहीं की इसलिए हमारा पूरा नहीं होगा तो वहाँ पर यहाँ पर पूरा फिल करके टिक करके यहाँ पर क्लिक कर लेना फिर यहाँ पर आप आएँगे डैक्स बोर्ड पर डैक्स क्लिक करते ही आपका आपकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से आएगी यहाँ पे आपको फोटो भी लिखा है पिताजी का नाम डेट ऑफ़ बर्थ आवासीय जो शिक्षा वो होगा आपका नौकरी के लिए जो आपने आवेदन किया होगा उसका पूरी प्रोफाइल यहाँ पर सबमिट ही सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए आपकी प्रोफाइल की प्रविष्टि कर सकते हैं फिर से उसको चेंज कर सकते हैं नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं नौकरी छोड़ें यहाँ से मोबाइल ई का परिवर्तन कर सकते हैं पासपोर्ट चेंज कर सकते हैं लॉगआउट कर सकते हैं तो हमें क्या अगर नौकरी के लिए आवेदन करना है तो यहाँ पर आपके लिए नौकरी के आवेदन यहाँ से कर सकते हैं जब यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके लिए नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए करना है आवेदन यहाँ पे आपके लिए कहता है रोजगार मेला नौकरियाँ तो यहाँ पे आपको तो क्लिक करना है फिर यहाँ पे आपके लिए टोटल देख जाएंगे कि इसमें आपकी कौन कौन सी आवेदन भर्ती अभी चल रही है यहाँ पर सभी आवेदन भर्तियाँ जो रियल अभी होती हैं जिस डेट में आप करना चाहते हो यहाँ पर टोटल आपको शो हो जाएंगे यहाँ पर आपको सभी शो होती रहेंगी नीचे से नीचे यहाँ पर बहुत सारी भर्तियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर उनके पेज पे भी जा सकते हैं ग्यारह बारह इस तरह से जिस आप वैकेंसी के लिए तक पर हैं करने के लिए जिस तरह की आप वैकेंसी पे करना चाहते हैं अपनी जॉब के लिए यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे तो आप आवेदन आवेदन पे क्लिक करते हैं तो आवेदन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका आवेदन करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म दिखेगा यहाँ पर इशू दिखा रहा है इसलिए दिखा रहा है कि तो आपका पता नहीं यहाँ पर आपके लिए नौकरी नहीं है खोज नहीं पा रहा है इसलिए आप यहाँ पर देख लें कि रिकॉर्ड आपका नहीं मिलेगा तो नहीं होगा फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमें क्या करना है यहाँ पे क्लिक करना है ठीक है क्लिक करते ही पूरा यहाँ पे इसका व्यूरा दिखाएगा व्यूरा देखने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें कि है, कितने कुल रिक्तें कितनी है कब तक का है कब तक का नहीं वेतन कितना है इसके अंदर यहाँ पे सभी पूरा यहाँ पे टोटल इसका व्यूराइल चेक जाएगा यहाँ पर आपका देखेगा कि आवेदन करते हैं यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर हमारी पूरी वल कम्प्लीट नहीं है कम्प्लीट होती आपका यहाँ पर आवेदन हो जाएगा हम जितने भी वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहे सभी वैकेंसीयों के लिए चार पाँच आठ दस बारह जितने भी आप वैकेंसीयों के लिए आवेदन करना चाहे कर सकते हैं मगर इसमें यही से होगा रोजगार मेरा नौकरियों से ही यहाँ पर आप होगा भाई प्राइवेट के लिए होंगे तो प्राइवेट के लिए सरकारी तो सरकारी के लिए कोई नहीं है रोज़गार मेरा के लिए सभी यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर इसी तरह से आवेदन कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज हो या कोई भी दिक्कत हो तो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमें आपके लिए ये समस्या आ रही है जो समस्या आपकी होगी उसका हम समाधान करेंगे अगली वीडियो बना देंगे जिसपे आप आवेदन कर जितने जितनी पे आवेदन के लिए यहाँ पे आवेदन कर देंगे वो यहाँ पे दिखेगा आपके लिए कि एक के लिए किया दो के लिए किया तीन के लिए किया है यहाँ पर नियट शिक्षाकार यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरह की वैकेंसी आपने यहाँ पे अप्लाई की है नहीं है? आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं आप समझिए मतलब यहाँ पर पूरा व्यवहार आपको देखने के मिल जाएगा आपकी प्रोफाइल इसी तरह से हम खोल सकते हैं आप पूरा का पूरा वैर हम हाँ देख सकते हैं जब आपके लिए यहाँ पे जो वैकेंसी के लिए यहाँ आवेदन किया होगा वो वैकेंसी जो सरकार के में होगी वो सरकार यहाँ आपके लिए भाई जीमेल पे ही इसी प्रोफाइल पे मेल कर देगी कि आपका ये वैकेंसी आपके लिए खाली है और आप यहाँ पे आ जाएं और इंटरव्यू अपना क्वालिफाई कर लें आके इस तरह से आपके लिए सभी वैकेंसीियों के लिए फॉर्म भर सकते हैं आपके लिए हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लें और हम इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे तो हमारे चैनल को लाइक के सब्सक्राइब करें जय हिंद दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में